तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ ये कॉन्टीफाइल मेन आई निकल होने वाला है और एक बात गाइस जिन सैमसंग के डिवाइस है आज का कॉन्टीफाइल उनके डिवाइस में वर्क नहीं होने वाला है ये मैं वीडियो के शुरू में बोल रहा हूँ तो हेलो गाइस कैसे आप लोग उम्मीद करते सब लोग अच्छा आगे बढ़ने वाला है तो गाइस देखो आज का जो कॉन्टीफाइल होने वाला है ये मस्त कॉन्टीफाइल होने वाला है आज का कॉन्टीफाइल अगर आप एक बार अप्लाई कर लेते हो तो थोड़ी दिन ही बाद फिर आज ही मुझे कमेंट करोगे भाई आज का जो आपने कॉन्नीफाइल दिया ना कस्टम पे पूरा तबाही लगा दिया हाँ गाइस आज का कॉन्टिफेल अगर आपने डिवेस एक बार लगा लेते हो तो अगर आप मतलब वन वर्सेस फोर भी क्लच कर सकते हो क्योंकि ये मेन आईडी के लिए होने वाला है इसमें एंटी ब्लैकलिस्ट और पूरा एम बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी छोटा सा बात कह लें तो देखो मेरा बहुत जल्द टेन होने वाला है मैं टेन होने के बाद मैं कुछ अलग सा वीडियो बनाऊँगा मतलब वही कॉन्फेल रहेगा पर कॉन्फॉल बहुत ही कम दूंगा आप लोगों को आपको कॉन्फिकफल बहुत ही कम प्रोवाइड करने वो अभी आप लोग आंसर मत करो देखो मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ टेन के होने के बाद बहुत जल्द मेरा टेन के हो वाला है और एक बात गाइस कौन सा गेम के ऊपर लाइव स्ट्रीम करेंगे ये बात आप कह देना कमेंट पे जरूर बोल देना जो कौन सा गेम का लाइव स्ट्रीम करे तो देखो मैं धीरे धीरे कॉन्फिक फाइल का कंटेंट में क्यों छोड़ा देखो इसके पीछे एक बड़ा रीजन है आज का जो मतलब कॉन्ट्रिकायल जो जो बंदे बनाते ना उसका वीडियो बहुत डाउन हो रहा है इसी इसी कारण से मैं कॉन्ट्रिकाइल कंटेनर से कुछ धीरे धीरे कुछ और कंटेंट क्रिएटर बन जाऊंगा तो सब लोग कमेंट पर जरूर बोल देना मैं फर्स्ट गेम कौन सा ऊपर लाइव स्ट्रीम करूँ तो चलो मैं अपलाई प्रोसेस दिखा देता हूँ तो से से आपको वीडियो पूरा ध्यान से देख लेना है तो सबसे पहले आपको मेरा जो फाइल एक्सप्लोर कर लेना है पासवर्ड वीडियो में फुल देखो तो ये जो बैक जाने के बाद जो फाइल है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रुको रुको ये जो फाइल है फ्री फायर मैक्स आपको सिंपली उसको लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर लेना है फिर आपको डिवाइस मैप चले जाना है सिम्पली और जाने के बाद आपको एंड्रॉइड पे क्लिक करना फिर डेटा पे चले जाइए और डेटा पे जाने का धीरे धीरे डाउन करके सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है ये देखो पे पे पेस्ट पेस्ट बटन है है आपको सिंपली कर देना है। तो गैस आज के लिए इतना ही जो जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों को बोल रहा दो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट पे जरूर बोल देना जो अभी हमको कौन सा गेम के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक बाय बाय